मेरी पता का यीशु मसीह मेरी फता का यीशु मसीह सच्चा एक ही चोपा यीशु मसीह मसी सच्चा है चोपा दिए

प्यार कासू मसी मेरी पता गायला केसू मसी मेरी पता गायला

रहू जो बचाता है वो रिश्ता जो ढूंढा में जाता है उसी का रहू जो बचाता है वो रिश्ता जो ढूंढा मिलाता है उसी का रहू तो बचाता

सेमा

जन बेचा जाए ये सुनाम जब भी आ जाए रूहे पाप हरिजे छा जाए सुनाम जब भी आ जाए बाप हरिजन में छा जाए ये सुनाम जब भी आ जाए रूहे पाक हरिजन पे छा

Tu vas ici, gai aux kibé bayar. Jésus vas ici.

मेरी है दायला यसू मसीह सचाई के चौपा येसू मसीह सचाई के चोपा येसू बसीता येसू मसीह मेरी पता दायला यसू बसी

जो टूटा मिलाता है उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है ऐ, ये, ये, उसी का लहू जो बचाता है वो रिश्ता जो टूटा मिलाता है <laughs>

jis ka hai aasman yesu masi jis ka hai aasman yesu masi ra tu se be ma

Yeh Soh Masih, sachay kehi kama. Yeh Soh Masih, yar yu se kama. Yeh Soh Masih, mere banda kai la. Yeh Soh Masih, mere banda kai la. Yeh Soh Masih.

रूहे पाके हर जन पे छा जाए यीशु नाम जब भी आ जाए इसके तले संसार बसा जाए छा जाए यीशु नाम जब भी आ जाए रूहे पाके हर जन पे छा जाए यीशु नाम जब भी आ जाए रूहे पाके हर जन पे छा जाए

आते है तूफान जेसू मसी मेरी पता जेसू मसीह मेरी पताद

जहा